आज के वीडियो में साथियों चर्चा होगी हार्मोनल इम्बेलेंस या हार्मोन का असंतुलन क्यों हो जाता है हमारे शरीर में आइए देखते हैं नमस्कार साथियों आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राकेश सिंह पक्षी पर आज बात होगी हार्मोन क्या हैं अंत ग्रंथियां ग्रंथियाँ कौन कौन सी अंतश्राव ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन निकालती हैं हार्मोनल असंतुलन के लक्षण क्या होते हैं हार्मोनल असंतुलन दूर कैसे करें आज का विषय है हार्मोनल इम्बेलेंस या हार्मोन का असंतुलन हमारे शरीर में क्यों हो जाता है तो सबसे पहले तो हारमोन होता क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है आपको तो हारमोनस क्या है हमारे शरीर में सात डक्टलेस ग्लैंड या कहें सात ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनसे बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में रसायन निकलता है जो हमारे रक्त में हमारी वृद्धि हमारे तापमान को पाचन को यानी हमारे प्रत्येक को नियंत्रित करता है वह रसायन हार्मोन कहलाता है साथियों देखने में हमारा शरीर बहुत ही सामान्य दिखता है लेकिन इसमें अनेक ऐसे सिस्टम हैं जो लगातार काम करते रहते हैं जैसे आपका हृदय एक लाख बार दिन भर में धड़कता है और आपकी जो आते हैं 24 घंटे वो बहुत तीव्र गति से काम करती रहती हैं बहुत से कोशिकाएं मृत होती हैं बहुत सी कोशिकाएं बनती रहती हैं ये बहुत ही जटिल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पूरा सिस्टम है मनुष्य का शरीर और ये अमूल्य है तो इसकी देख इसका ध्यान रखना और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता रहे इसके लिए हमको सतर्क पर हमेशा रहना चाहिए तो मैं बता रहा था कि आज के जो चर्चा है वो है हार्मोन का असुंदरण क्यों हो जाता है तो पहले मैंने बताया कि डक्टलेस जो ग्लैंड होती हैं या अंत श्रावी ग्रंथियाँ डक्टलेस इसलिए बोलते हैं कि इनमें नलिकाएँ नहीं होती यह जो भी सीक्रेशन या सायन निकालती है वो सीधा रक्त में मिल जाता है सबसे पहली जो ग्रंथि होती है वो हो थी निकलने वाले नर्व है हमारी भूख प्यास सर्दी गर्मी तापमान पाचन वृद्धि और निर्माण इस सारे कार्यों को नियंत्रित करती है दूसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल ग्लैंड इससे मेटानिन और सेरेटोनिन हार्मोन्स निकलते हैं जो मेटाटोनिन हार्मोन होता है वह आपकी त्वचा का रंग धूप में जब आप निकलते हैं या रहते हैं तो काला कर देता है इसका फायदा ये होता है कि हमारे शरीर में जो रेडिएशन होने का चांस रहता है वो घट जाता है सूर्य के प्रकाश से तीव्र प्रकाश से नुकसान नहीं होता हमारे शरीर को दूसरा जो पीनियल ग्लैंड से हारमोन्स निकलता है वो है सेरेटोनिन सेरेटेनिन से क्या होता है कि हमारे शरीर में नींद आती है जब हम सोते हैं लाइट बंद जैसे ही करते या हमारा सोने का टाइम हो जाता है तो उस समय यह सेरिटोन हार्मोन निकलने लगता है जिससे हमको नींद आती है पिट्यूटरी ग्लैंड तीसरे नंबर की जो ग्लैंड होती है अंताशा शराबी ग्रंथि होती है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी जो अन्य ग्लैंड्स हैं उनको नियंत्रित करती है इससे जो पहला से निकलता है वो है टी एस एच थायराइड की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं दूसरा है एस टी एच सोमोटोट्रोफिक हारमोन यह वृद्धि नियंत्रित करता है एस टी एच बढ़ जाने से बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है शरीर की और कई बार इसके घट जाने से और जो वृद्धि है वो कम रह जाती है छोटे छोटे कद के नाटे हो जाते हैं लोग इसके बाद होता है एल टी एच प्रोलैक्टिन हार्मोन)। इसके बाद होता है थायराइड, जो गले में पाई जाती है थायराइड से बीपी कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर हमारा और थायराइड के पीछे छोटी छोटी सी दो ग्रंथियां होती हैं जिन्हें कहते हैं पैराथाइराइड ग्रंथी इनसे दो हारमोन निकलते हैं टाइसिन और इंसुलिन यह पाचन में हमारे सहायक होते हैं इंसुलिन से तो आप सभी लोग परिचित होंगे इसके कम निकलने से हमारे शरीर में बसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही नहीं होने पाता है इसको सीमित मात्रा में वैसे आजकल भारत सरकार ने नमक में जो आयोडीन मिला के देना शुरू किया है उससे इसकी कमी अब ज्यादा नहीं होती है वरना पहले बहुत ज्यादा हो जाती थी इसके बाद है एड्रीनलिन एड्रीनल ग्रंथी होती है जो अधिवृक ग्रंथि भी कहलाती है तो इससे क्या होता है जो एडिंडलिन हार्मोन निकलता है यह अचानक जब कोई समस्या आ जाती है तो एकदम से शरीर में उत्तेजना बढ़ाने के लिए यह निकलता है जैसे कोई घबराहट में कोई अचानक ट्रक आ जाए तो आप घबरा जाते हैं या कोई आप एकदम से चिल्ला के जोर से डांट दे आपको तो उस समय आपके शरीर से एडिंडलिन हारमोन निकलता है जो आपको उस सामने वाले जो समस्या है उससे बचाने के लिए एकाएक शरीर में प्रवाहित हो जाता है इसके बाद होती है थाइमस ग्लैंड थाइमस ये पंद्रह साल तक के बच्चों में ही काम करती है होती है लेकिन ये हमारे शरीर में काम करना बंद कर देती है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा सुचारू रूप से बनी रहे इसके लिए थाइमस ग्लैंड रहती है तो प्रोटीन इसीलिए बच्चों को भूख नहीं लगती आपको बार बार मनाना पड़ता है कि आप ये खा लो वो खा लो इस टाइप से तो प्रोटीन का निर्माण करती है और बच्चों होने वाले संक्रमण से भी बच्चों को बचाती है बच्चे कुछ भी मुंह में दे लेते हैं कई बार कुछ पैन है कहीं कुछ कहीं खिलौने हैं उसके बाद ही वो उनको बीमारी नहीं होती उसका कारण है कि ग्लैंड उनकी सक्रिय है जबकि आपकी और हमारी थाइमस ग्लैंड काम करना बंद कर दिया है इसके बाद होती है गोनोट गुरुषों में टेस्टीज उन महिलाओं में ओबरीज के नाम से जानी जाती है और जो टेस्टिस होती है पुरुषों में उसके हार्मोन टेस्टोर होता है टेस्टोर हार्मोन का कार्य होता है शरीर में जब वो निकलने लगता है तो जो बाल अवस्था में बच्चे होते हैं चौदह पंद्रह साल में तो उनके दाढ़ी बाल मूंछ निकलने लगते हैं आवाज मोटी हो जाती है और साहस बढ़ जाता है उनका जननांग विकसित होने लगते हैं जबकि महिलाओं में जो होती है। उससे तीन हार्मोन निकलते हैं पहला एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन से से पीरियड शुरू हो जाते हैं 12 साल से 14 साल 14 के बीच में और कम या ज़्यादा इसके का आगे चर्चा होगी तो दूसरा है प्रोजेस्टर जो गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करता है और तीसरा होता है इसमें रिलैक्सिन जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय आराम से बच्चा पैदा हो जाए उसके लिए रिलैक्शन हार्मोन रहता है हम कैसे पहचाने कि हमारे शरीर में हारमोन्स का असंतुलन हो रहा है सबसे पहले वजन का बढ़ना एक आया यदि आपका वजन बढ़ने लगे तो आप समझ जाइए कि आपके हारमोन्स में कहीं पे अंतर आ रहा है दूसरा है महिलाओं में पीरियड्स का कमी होना या दर्द के साथ होना या अधिक होना ये तीन लक्षण होते हैं चेहरे पर बहुत अधिक मुहासे यदि आने लगे तो ये हार्मोन्स की गड़बड़ी का संकेत होता है और चौथा है चेहरे पर बाल का आना भी होता है थकान बहुत अधिक आने लगे थोड़ा सा भी परिश्रम करने पर थकान हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपको हार्मोन्स का इम्बेलेंस है सेक्स में अरुचि इंटरकोर्स में दर्द पुरुषों में जननांग का विकास न होना और इरेक्टल डिस्फंक्शन या शीघ्रपतन की बीमारी होना त्वचा का काला पड़ना बालों का झड़ना पसीना आना और घबराहट होना ये सामान्य हार्मोनल असंतुलन के लक्षण हैं यहीं पे हम बालिकाओं में इन हारमोन्स का असंतुलन कहां पहचान सकते हैं जैसे उनकी आवाज़ मोटी हो जाना अचानक स्थानों का विकास ना होना चेहरे पर बाल और मोहा से बहुत अधिक होना गर्मी अधिक लगना पसीना आना गुस्से से छिड़छिड़ आना किसी काम में मन ना लगना कंसंट्रेशन या एक एकाग्र होकर अध्ययन ना कर पाना या कोई भी कार्य में एकाग्र ना होना पाना और पीरियड्स में अनियमितता कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं दर्द वहीं हम देखें बालकों में जो असंतुलन के लक्षण होते हैं वो होते हैं आवाज़ पतली हो जाती है कई बार आपने देखा होगा कुछ बॉयस या लड़कों की आवाज़ बहुत पतली हो जाती है लड़कियों में जैसी लगने लगती है दाढ़ी मूछ का ना आना जननांगों का सही विकास ना होना स्थलों का बढ़ जाना गर्मी लगना पसीना आना चिड़चिड़ आना एकाग्रचित होकर कोई काम ना कर पाना और चेहरे पर बहुत अधिक मुहा होना ये लड़कों में हारमोनल इम्बेलेंस के लक्षण हैं आज का मुख्य या मेन बिंदु या मेन पॉइंट कहें तो वो है ये क्यों हो जाता है अभी हमने पहले हारमोन्स कौन कौन से होते हैं वो समझा फिर उनके लक्षण कि किस प्रकार से हम समझे कि हमारे शरीर में हार्मोन का असंतुलन हो रहा है अब तीसरा है मुख्य जो बताया मैंने कि किस कारण से हार्मोन का असंतुलन हो जाता है सबसे तो पहला कारण है शारीरिक गतिविधि का अभाव या हमारे शारीरिक श्रम ना करना ये मेन करन कारण इसमें है नींद का पूरी ना होना तनाव लेना टेंशन लेना जैसे परीक्षा का पढ़ाई का या किसी कार्य का या काम ना मिलने का तनाव लेना हार्मोनल दवा लेना जंक फूड स्पाइसी फूड और पैक्ड फूड खाने से बहुत अधिक तेल मसाल, मसाला चाय कोको कोला और मदिरा का सेवन करने से भी हार्मोन का संतुलन होता है नींद पूरी ना लेना साथ ही रात्रि 10 बजे प्रत्येक व्यक्ति को सो जाना चाहिए सुबह 6 सात के बीच में उठ जाना चाहिए लगभग 7 से 8 घंटे की नींद प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक होती है यदि उसमें कमी होती है तो उससे भी हार्मोन असंतुलन हो सकता है इसके साथ ही ऑक्सीटोसिन युक्त दूध यदि आप जो दूध ग्रहण कर रहे हैं और वो गौपालक यदि उस गाय या भैंस को ऑक्सीटोसन का इंजेक्शन लगाता है तो वो हार्मोन है और उस हारमोन का कुछ अंश आपके शरीर में भी पहुंच जाता है तो इसलिए आप इतना ध्यान रखें यदि आप किसान हैं गौपालक हैं या जो भी हैं तो ऑक्सीटोसन वैसे तो भारत सरकार ने बैन करके रखा है इस इंजेक्शन को लेकिन पता नहीं कहाँ से सप्लाई होती रहती है लोगों को प्राप्त होता रहता है गुस्सा तनाव नींद ना लेने से और साथ ही बहुत अधिक खाना खाने से या बहुत कम खाना खाने से ये इतने कारण इसके होते हैं जिसके कारण से असंतुलन होता है अब अंतिम बिंदु साथियों कि इनसे बचने के लिए निश्चित तौर पे जो जो कारण से हार्मोन का असंतुलन होता है उन कारणों को दूर करना सबसे पहले शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना या तो आप अपने गृह में हिस्सा लें भाग लें या व्यायाम करें एक्सरसाइज करें सुबह घूमें फिरें या वॉलीबॉल टेनिस क्रिकेट कुछ खेल खेलें रस्सी कूद, महिलाएं करें और कुछ नहीं कर सकते हैं जो तो चार किलोमीटर पैदल चलाएं। इसके साथ ही 10 बजे रात्रि में सो जाना और सुबह 7 बजे उठना दिन में ना सोना ताकि नींद आपकी पूरी हो सके गुस्सा चिड़चिड़ाहट को कंट्रोल करना तनाव रहित जीवन जीना हार्मोनल कोई दवाई दी आप सेवन कर रहे हैं तो उसको तत्काल आप बंद कर दें हरी सब्जियों का समावेश करें फाइबर युक्त ताकि आपकी पाचन शक्ति सुदृढ़ रहे हरी सब्जी में पालक है मैथी है बथुआ है और गिलकी लौकी जो भी हरी सब्जियां हैं उनको अपने भोजन में शामिल करें ऑक्सीटोसन एक युक्त जो दूध है उससे बचाव के लिए अपने गोपालक या जहां से भी आप दूध लेते हैं उनसे आप चर्चा कर लें ये हमको बिल्कुल भी किसी भी हालात में नहीं चाहिए तो जब आप इस प्रकार से कहेंगे तो वो उसका प्रयोग करना भी बंद करेंगे खाना संतुलित मात्रा में लेना और इसके अलावा यदि कोई ऐसे लक्षण आपको अधिक असंतुलन के देखते हैं तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जो कारण को अलग करने से ठीक हो जाती है और नहीं होती है तो फिर छोट थोड़ी बहुत दवा लेने से भी ये ठीक हो जाती हैं। आज आपसे लेता हूं बेदा नमस्कार